वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल अगर आप भी हमारे एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए सो so, हम करते हैं एडिटिंग स्टार्ट सो so, हमें ले चूज़ करना है पहले तो को चूज़ करते हैं जिससे कि हम अपने फेस जो हमारा डल दिख रहा है हम उसको थोड़ा तो क्लियर कर सकें और ब्राइटनेस को हम थोड़ा सेलेक्ट करेंगे पहले हम ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे तो देखिए आप देख सकते हैं कि फेस पर कितनी क्लियरिटी आ चुकी है इसी तरह है हम बाइक पर भी करेंगे थोड़ी हल्की कम कर देंगे ब्राइटनेस देख सकते हैं बाइक का कितना शानदार कलर आ चुका है किसी तरह हम हर जगह कर लेंगे तो जल्दी से कर लेते हैं अब हम करेंगे फेस को स्मूथ तो फेस को स्मूथ करने के लिए हम करेंगे ब्रश सिलेक्ट। तो हम ब्रश के लिए सबसे नीचे जाएंगे और हम समझ दीजिए तो मैंने ब्रश इसका साइज रखेंगे 21.4 और फ्लो रखेंगे तीन परसेंट फर्स्ट भी थी रखेंगे तीन परसेंट चलिए हम को जल्दी से कर लेते हैं स्मूथ तो हमारा फेस स्मूथ हो चुका है अब हम जाएंगे लाइट रूम में हम लाइट रूम में आ चुके हैं और हमारी फोटो भी आ चुकी है लाइट रूम में अब हम सीधे जाएंगे कलर के ऑप्शन पर और हमें इधर अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने सब पहले ही कर चुके हैं स्टैन वगैरह ब्राइटनेस वगैरह सब बढ़ा लिए इसलिए हम सीधे जाएंगे मिक्स के ऑप्शन में हम बढ़ेंगे सीधे मिक्स के ऑप्शन में आपको बहुत सारे कलर दिख रहे होंगे कन्फ्यूज मत होइए। हम सीधे ग्रीन कलर में जाएंगे। बैकग्राउंड कलर की हमको बढ़ा दिया स्टेंस। दियान को 100 परसेंट कर दिया एलोमिनेशन जीरोलो में इस तरह से हमारी फ़ोटो एडिटिंग हो चुकी है अगर आप भी हमारी तरह फोटो एडिटिंग कराना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले हमारी फोटो काफ़ी अच्छी तरह से एडिशन हो चुकी है आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टाटा